आज गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानी वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सब के बीच पधारे हैं सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे ओ शांति कोई भी कीमत पर मुझे अपनी संस्कार मिलाने हैं। बाबा ने एक बार दीदी से बात करते हुए कहा था कि श्री कृष्ण के साथ पढ़ने कौन जाएंगे कौन पढ़ेंगे श्री कृष्ण के साथ कौन पढ़ेंगे जो जो अभी अच्छी तरह श्री कृष्ण तो बहुत अच्छी पढ़ा पढ़ी है ना ब्रह्मा बाबा ने कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी है तो जो अभी अच्छी तरह पढ़ते हैं वो श्री कृष्ण के साथ वहां भी पढ़ेंगे हाँ और जो महारास की है रा कौन करेंगे जो अपने संस्कार एक दूसरों के साथ मिलाएंगे महारास में तो आप सब बाबा के लाडले जिनको बाबा प्यार करता है